हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके सामने फिर से आज हूँ नए इन्फॉर्मेशन लेकर नए नोटिफिकेशन लेकर नए जॉब की डिटेल लेकर तो आज हम इस वीडियो में बात करें दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एच की तरफ से बड़ा नोटिस है एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी है क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेलाइकन को दबाना ना बोलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहते हैं तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों और टी, -टी इंग्लिश से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी है तो अपडेट देख लेते हैं एक बार क्या है तो हरियाणा शाह कमीशन की तरफ से यानी कि एच की तरफ से नोटिस है डिक्लेयर कर दिया गया है बेज नंबर सिक्सटी सेवन सेक्टर टू पंचकुला तो ये नोटिस है अभी अभी आया है आप सभी के लिए तो वेबसाइट है डब्ल्यू तो इस वेबसाइट से जो ये नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन क्या है वो अब हम अब हम इस देखने वाले हैं इस वीडियो में तो नोटिस ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर दिक्योरिटी डॉक्यूमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश मेवात तो टीजीटी इंग्लिश मेवात वाला एग्ज़ाम जिन कैंडिडेट ने दिया था उनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो किस डेट पर होना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं तो वो सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं देख लेते हैं एक बार तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है नौ स्लैश बीस पंद्रह कैटेगरी नंबर दो में आता है दोस्तों टी इंग्लिश मेवाद का ठीक है दोस्तों तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो होना है आपका सिक्रोटनी फाइनल इन द कंप्लाइंस ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय द ऑनरेबल कोर्ट सी डब्ल्यू डेटेड ग्यारह मेमो ये आ, नोटिस दिया गया है और ये मेमो नंबर भी यहां पर एक्सप्लेन किया गया है तो किन किन कैंडिडेट को यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है और कितने कैंडिडेट यहां पर सिलेक्ट किए गए हैं फाइनल रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया है एडवर्टीजमेंट नंबर है नौ 2015 नौ कैटेगरी नंबर दो टी इंग्लिश का मे बात का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पर 341 पोस्टों के लिए ये जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है ठीक है दोस्तों तो एडवर्टीज एडवर्टीजमेंट नंबर है 9 स्लैश बीस पंद्रह तो ये सीरीज़ चल रही है दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हैं इसके अंदर सिलेक्शन ले गए हैं और 341 पोस्टों के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया 341 पोस्टों के लिए यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम हुआ था तो इनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तीन पोस्ट के लिए ठीक है तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं और यहाँ पर छः पेजेस का रिजल्ट जो है यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो एक सौ वाली सीरीज़ यहाँ पर चल रही है तो इस सीरीज़ वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर सिलेक्शन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कैंडिडेट यहाँ का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और किन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों और कितने कैंडिडेट का यहाँ पर कितने मार्क्स से सिलेक्शन हुआ है और रुक गया है वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आप ठीक है दोस्तों तो इन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो सभी कैंडिडेट अपना जो रोल नंबर है अपना वेरीफाई करें कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ कितने कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है द स सिक्योरिटी द डॉक्यूमेंट ऑफ अब, अब, अब, अब कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन ग्यारह छः तो ग्यारह छः तक आपको यहाँ पर मतलब कि 11 जून तक मतलब कि 11 जून जो है यहाँ पर डेट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार तो 11 जून जैसे कि यहाँ पर मेंशन की गई है 11 जून तक आपको यहाँ पर पहुँचना है ठीक है दोस्तों तो 11 जून तक आपको साढ़े आठ बजे वहाँ पर पहुँचना है परेड ग्राउंड सेक्टर पाँच पंचकुला में जैसे कि आप सभी जानते हैं तो जितने भी डॉकूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं आपके पंचकूला में होते हैं चंडीगढ़ में जाके ठीक दोस्तों दे आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग ओल्ड औरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सभी वहां पर ले जाने हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स की यहां पर आपको फोटो जरूर ले कर जाएं आप क्योंकि अगर आप वहीं वहां पर लेकर जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत टाइमिंग वेस्ट होगा आपका तो यहीं से आप करवा कर ले जाएं तो आपके लिए बेनिफिट देगा आपको ये ठीक तो तो है दोस्तों एक एक फ़ोटो आप करवा लें और सभी औरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड टेंथ ट्वेल्थ सभी सर्टिफिकेट आप वहाँ पर ले कर सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट आफ्टर द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट इफ़ ए कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबिलिटी इट विल बी नॉन कन्फिगर तो डेट आफ्टर डेट भी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर कंसीडर uh, नहीं किया जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर किया गया है कि दिए गए टाइम पर ही आपको वहाँ पर पहुँचना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाना है टाइम से पहुँचें आप अपना और अपना डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन आप करवाए तीसरे नंबर पर देख लेते हैं नोटिस जो है ऑल अबाउट शोट कैंडिडेट शेल अपेयर फॉर ड्रो सिकोट डॉक्यूमेंट कैंडिडेट हु है आल्सो अपेयर सिक्रोटनी सबमिट दे डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे ये भी कहा गया है जिस कैंडिडेट ने यहाँ पर सबमिट कर दिए थे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक है और जिनका सिक्योरिटनी हो चुका है उनको भी वहाँ पर दोबारा पहुँचना है यहाँ पर क्लियरली मैंशन कर दिया गया है नो फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर दिक्योरटनी तो इस बात को आप गार्ड बांध लें और ध्यान दें कि सिक्योरिटनी के लिए आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा ठीक है दोस्तों नो फर्दर अपॉर्चुनिटी मतलब कि कोई भी अलग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर नहीं दी जाएगी ताकि आप अपना जो सिक्योरिटनी डॉक्यूमेंट है आप दोबारा करवा सकें ठीक है दोस्तों तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग द रोल नंबर कैंडिडेट फॉर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट Possibility of inadvertent technical error कैन नॉट बी रूल्ड आउट तो technical error कोई भी यहाँ पर मैंशन नहीं होगा कमीशन रिजर्व द राइट रेक्टिफाई द सेम लेटर ओन तो कोई भी दिक्कत और होगी तो आप चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टर तो हैं एच एस एस सी के वो ही कुछ ना कुछ चेंज करेंगे उसके अंदर अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन अगर है तो ठीक है दोस्तों तो सभी कैंडिडेट यहां पर पहुँचो टाइमली आप पहुंचे पाँच बजे से पहले पहले साढ़े आठ बजे पहुंचने का वो टाइम है तो आठ बजे यहाँ वहां पर पहुँच जाएँ और आर आप, आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर ले कर जाएँ ऐट द टाइम ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको एक आधा घंटा लगेगा तो उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो ये सभी कैंडिडेट हैं जो कि छः पेजेज़ में कैंडिडेट हैं यहाँ पर मैंशन किए गए हैं तो इन सभी कैंडिडेट का यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और इनके लिए गुड न्यूज़ है कि ये जल्द ही सिलेक्शन लेने वाले और इनको जॉइनिंग यहां पर दी जाने वाली है ठीक है दोस्तों कैटेगरी नंबर दो है टीजीटी इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए तो उन सभी के लिए यहां पर कॉन्ग्रेचुलेसन्स वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ किन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है वो हमें ज़रूर बताएँ ठीक है दोस्तों तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी